हेलो एवरी आई एम सोनू जसवाल एंड आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग की एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग में सबसे पहली जो बात करेंगे वो बात करेंगे इंस्टाग्राम तो आज मैक्सिमम लोग इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं क्या पोस्ट करना है उनको नहीं पता होता है मैक्सिमम जो पोस्ट करना होता है उस पोस्ट को ठीक है कैसे हम एडिट करें क्या करें एंड उस पोस्ट को इंस्टाग्राम पर कैसे करें और इंस्टाग्राम को हम अपनी नेटवर्क मार्केटिंग देकर कैसे रन करें तो आज हम जानते हैं अपने पे Instagram को रन करना। चलिए देखते हैं हम अपनी पे। मैं आपको सारी चीज़ Instagram। आपको दिख रहा होगा प्रोफाइल क्रिएटिव सॉरी तो मैं आपको अपनी स्लाइड शेयर करना भूल गया। आप सभी शुरू हो रही होगी हो रहा, हो रहा है ठीक है प्रोफाइल क्रिएटिंग हमें करना कैसे है तो मैं आपको बता दू पहली चीज यहाँ लिखा है प्रोफाइल क्रिएटिंग उसके बाद हमारा ऑप्शन जो आता है वो आता है अपलोड योर ओन प्रोफाइल फोटो ठीक है आपको अपना प्रोफाइल फोटो लगाना है अब अपना प्रोफाइल फोटो कैसे लगाएं तो हम बात करते हैं अपना प्रोफाइल फोटो आपको मान लीजिए देखना है कैसे क्या तो डायरेक्टली हम चलिए इंस्टाग्राम पे चलते हैं जी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ठीक तो है सोनू जायसवाल ऑफिशियली तो मैं आपको बता दूं की हमें एज प्रोफाइल करना है आपको एक अच्छी प्रोफाइल के लिए आपको एक अच्छी पिक चाहिए होगी ठीक है तो आप जो भी आपकी सिंपल सी अच्छी सी फोटो है ठीक है जिसमें सिर्फ आपका चेहरा हो कोई साथ में नहीं, नहीं सिर्फ आप ठीक है, सिर्फ आप होंगे तो आपकी प्रोफाइल क्योंकि ये जो हमारा चेहरा है वो सामने वाले को इंटेंशन देता है कि हाँ आप कौन है और सबसे बड़ी चीज डिजिटल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी इंसान जो भी व्यक्ति वेबिनार दे रहा होता है या इवेंट कर रहा होता है उससे पब्लिक कभी नहीं भूल पाती चाहे को भूल जाए लेकिन उस इंसान का चेहरा कभी नहीं भूलता है तो मैं फिर आपको कि आपका अपना प्रोफाइल फोटो होना चाहिए अपना प्रोफाइल फोटो और आप देख रहे हैं मेरा प्रोफाइल फोटो आपको दिख रहा होगा नेम में आप अपना नेम लिख सकते हैं यूजर नेम में एक सिंपल सा यूजर नेम लिखे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सोनू तो जयसवाल ऑफिशियल सिंपल सा नॉर्मल कुछ लोगों का होता है क्या उनका नाम लिखा है जैसे एग्जांपल तो मैं आपको बता दूसरा पास वेबसाइट लिंक में आपको क्या करना है अपना फॉर्म नंबर देना है ठीक है अगर मैं थोड़ा सा वापस चलू अपनी दूसरी स्लाइड पे थोड़ा सा वापस चलते हैं अपनी दूसरी स्लाइड पे तो आपको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड योर फोटो ठीक है ब्लर बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन एजुकेशन स्किल्स अबाउट बायो क्रिएट बस इतना सा है कोई ज्यादा नहीं है लेकिन हाँ उसमें हमें समझना क्या है चलिए हम लाइफ समझते हैं सारी चीजें तो कैसे करना है एक्सेप्ट में होता क्या है हमको ये पता होना चाहिए ठीक है तो हम बात करते हैं ये है हमारा प्रोफाइल फोटो ठीक है इसके पीछे देखिए ब्लरनेस जैसे मैंने आपको बताया अगर हम थोड़ा सा बैक करें ये पीछे लड़ने से आप कर सकते हैं कलरफुल कर सकते हैं आप क्योंकि है एज यू विश आप क्या करना चाहते हैं आप सारी चीजें कर सकते हैं बट आपका सिंपल सा फोटो चाहिए, होना चाहिए ठीक है आपका ये ऑफिशियल नेम होना चाहिए कोई भी नेम आपका बट यहां पे प्लीज कोशिश करिएगा यहां कोई नंबर टाइप ना पड़ा हो आपका ठीक है सिंपल नेम होना चाहिए ताकि उसको सर्च करने में बहुत ईजी हो ठीक है यहाँ पे अगर कोई इंसान आपको सर्च करे देखिए मैंने सोनी लिखा, सोनी आ किसी कोई नहीं बहुत गलत होती है अगर आप इनको पोस्ट करते हैं या इनको एडिट करते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने लगती है कभी कभी -तभ ऐसे नंबर बहुत से आते हैं ठीक है तो सोनू जयसवाल ऑफिसियल मैंने लिखा है एक आप नाम बना ले तो ऑफिसियली आपका नाम है ठीक है एंड अगेन मैं बात करना चाहूंगा आपसे कि भाई हमारा एक यूजर नेम जो बेस्ट आप रखना चाहते हैं वो ठीक है एंड हम यहाँ पे एडिट प्रोफाइल कर लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ यूजर नेम हमारा आ गया वेबसाइट अगर आपके पास किसी कोई वेबसाइट हो तो आप अपनी वेबसाइट को लगाएं अदरवाइज आप एक काम करे अगर आपको यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग में किसी तरह की सेल करनी है तो वेबसाइट में आपको किसी भी एक गूगल फॉर्म का ठीक है गूगल फॉर्म में भी आपको बनाना आता होगा अगर नहीं बनाना आता तो गूगल और YouTube पे आप सारे बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे आप उससे सीख सकते हो एंड अदरवाइज आप चाहे तो अपने प्ले स्टोर से गूगल ऐप में जाके ठीक है आप उसको डाउनलोड कर तो, सकते हो आप कह सकते हो गूगल फॉर्म ऐप डाउनलोड कर ले कर सकते हैं ठीक है एंड बायो में यहाँ पे आप जो भी मैंशन करना चाहते हो मैंशन वो करे जिससे आपको मतलब आप जिसपे डिपेंड करते हैं ठीक है जो आप करते हो अगर आप नहीं करते हैं किसी चीज को तो, तो आप ना बताएं जैसे नहीं पे नॉर्मल अपने बारे में लिखा हुआ है आप चेक कर सकते हैं ठीक है एंड अपनी एक ईमेल आईडी लिखना बहुत जरूरी है जिससे आपका ईमेल एड्रेस से ही आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड होता है ठीक है एंड यही आई आपकी इंस्टाग्राम और यही आई आपकी फेसबुक पर होती है तो सेम रखिएगा कोईमेंट नहीं करना है ठीक है फोन नंबर अपना जरूर देना है जेंडर अपने बारे में आप जो भी हैं आप बता सकते हैं मेल फीमेल जो भी हो ठीक है एंड सबसे बड़ी चीज़ अब जो हमें करना है, वो करना है है है वो हमारी स्टोरी ठीक होम पे आते हैं हम हमें अपनी स्टोरी पे भी चेक करना है ठीक है स्टोरी पे आप एडिट कर सकते हैं जैसा चाहें ठीक है मैं सिस्टम से तो चला रहा हूँ तो आपको यहाँ पे स्टोरी क्रिएट करके नहीं बता सकता बट आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं जिसको भी मेरे से पूछना हो कि है आप स्टोरी में कैसे क्रिएशन ला सकते हैं ये सिंपल था मैंने स्टोरी क्रिएट किया हुआ है ठीक है तो आप इसको इस तरह से क्रिएट कर सकते हो एंड आप लोगों को बता सकते हो कैसे क्या करना है ठीक है म्यूजिक भी लगा सकते हैं हम हर चीजें लगा सकते हैं तो कहने का मतलब मेरा सीधा सिंपल सा ये है कि आप ज़्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रोच करना चाहते हैं तो आपको तो सारी चीजें समझनी पड़ेंगी सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी आपकी प्रोफाइल में जैसे जैसे लोग आते हैं हाँ एक कोशिश जरूर करिएगा अगर आपको यहाँ पे आपने ज्यादा से ज्यादा है तो आपको दूसरों को फॉलो करना पड़ेगा जब हम किसी को कुछ देंगे अगर एक लाइक करने से वो सामने वाला खुश हो रहा है तो सीधी बात है भाई मेरी ऑडियंस में आ रहा है वो हमें दूसरों को खुश रखना पड़ेगा ठीक है अगर आप एक क्लिक करेंगे तो सामने वाला भी आपके पास एक क्लिक करेगा और वो अगर आपको फॉलो करता है आपकी फॉलो क्लिक करता है तो भाई आपके पास एक कोल्ड मार्केट क्रिएट हो रही है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा ठीक है ठीके? आपके पास एक मार्केट क्रिएट हो रही है एंड अगर मैं आपको ज्यादा से ज्यादा फेमस होना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगो फॉलोवर्स और फॉलोइंग में एड करना पड़ेगा ठीक है एंड अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड आप मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हो तो, एंड नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है एंड थैंक यू सो मच अगर आपको सारी चीज समझ में, में आई हो तो बहुत अच्छे से एंड अभी आगे हम बात करेंगे दूसरा हमारा जो वो पे दूसरे वीडियो थैंक यू सो मच